नीमच में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल ने श्रद्धांजलि यात्रा निकाली ये यात्रा आज्ञा में हुए सड़क हादसों को लेकर निकाली गई जिसमे तीस के सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए वहीं जब इस दौरान एक पत्रकार ने कांग्रेस अध्यक्ष गोयल से सवाल किया तो वे काफी भड़क गए धुनड़का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल ने मऊ नीमच हाईवे पर हो रहे हादसों को लेकर श्रद्धांजलि यात्रा निकाली ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी जिसमें तीस बाइक सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि हाईवे पर बने डिवाइडर मापदंड अनुसार नहीं बनाए गए हैं जिसका खामियाजा हाईवे पर चलने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ता है उन्होंने हाईवे पर बाइक लेन न होने की बात भी कही इस पूरी यात्रा के दौरान रोचक बात ये रही की दुर्घटना के विरोध स्वरूप जो बाइक यात्रा निकाली जा रही थी इसमें एक भी कार्यकर्ता ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था जो हाईवे पर दुर्घटना से बचाव का प्रमुख कारण होता है वही कार्यक्रम में दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परमार ने कार्यकर्ताओं से हेलमेट लगाने की अपील की श्रद्धांजलि यात्रा के दौरान जब एक पत्रकार ने गोयल से सवाल किया कि आपने अपने उद्दोधन में आज्ञा में हुए हादसों पर श्रद्धांजलि अर्पित की है तो आप दलोदा की बजाय आज्ञा से यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे जिस पर गोयल सवाल के जवाब देने की बजाय पत्रकार पर भड़क गए और कहा की कैसी बातें कर रहे हैं यह कैसा सवाल हुआ ओरिजिनल बात करें यह श्रद्धांजलि यात्रा निकाली जा रही है कि आप देख रहे हैं कि ये बीच का डिवाइडर दो फीट का बना हुआ है और बाइक लेन कहीं से कहीं तक है नहीं है इन लगातार हो रही मौतों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का ने श्रद्धांजलि यात्रा के रूप में एक विरोध स्वरूप यात्रा निकाली है मलारगढ़ जाकर समापन होगा चौपाटी से इस यात्रा का हमने शुभारंभ किया है अभी तो तक हमारे किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी हैं महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं हमारे धुंद के सारे पदाधिकारी ने इस यात्रा में अपने संबोधन में कहा है